मुझे फिर तबा मुझे फिर रुला जा से तुम करने वाले कहीं से तु जाओ मुझे फिर तब मुझे फिर रुला जा तो कर जा कई से तुआ जा सूरज बसी Tera aam hi hasi hai. तु देखे जिधली जाओ तुझे ढूंढती है ये पागलगा जिधी देर खे जित and the king